जो जो मुकाबला करने की सोच रहे हैं सारे पीछे छोड़ आएंगे और जो जो अकड़ कर रहे हैं ना थोड़ा टाइम रुको उनकी सारी अकड़ तोड़ाएंगे